आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहा जाएगा 9 बजे तक सो रहा है संडा का संडा हाँ आप देखो और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके सोया भी 10 बजे था रात में 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को मैं बता दूं आपको देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे